माँ भारती को वंदन और आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्बिद पांडे आज आप लोगों के बीच नक्षत्रों पर चर्चा करेंगे और नक्षत्रों पर इस परिचर्चा में आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा ये अश्वनी नक्षत्र रहेगा तो यदि आप नक्षत्रों से संबंधित विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहना जो है मतलब जानना चाहते हैं तो हमारे इस श्रृंखला को आप लोग जरूर देखिए इसीलिए बोल रहे हैं दर्शकों कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और जो जानकारी अश्विनी नक्षत्र के बारे में आपको हम अभी देंगे वो जानकारी हमें नहीं लगता कि अभी तक जो है यूट्यूब पर कहीं पड़ी हुई है आपने बुक्स वगैरह पढ़ी होगी उसमें मिल सकती है लेकिन यूट्यूब पर नहीं है तो फिलहाल जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है वो लोग तो इस वीडियो को देखे ही देखे साथ ही साथ ज्योतिष के जो जिज्ञासु या पिपासु छात्र हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं आपको लाभ ही होगा नई नई कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी तो देखिए दर्शकों अश्वनी जो कि केतु का नक्षत्र है पहले तो उसके बारे में चलिए कुछ संक्षेप में बताए दे रहे हैं उसके बाद फिर ये ब्रहद टॉपिक रहेगा ये वीडियो लंबी होगी तो उम्मीद करते हैं दर्शकों आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा वरना कोई भी चीज़ एक चीज़ छूट जाएगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा तो राशि चक्र में जीरो अंश से तेरह अंश बीस कला के विस्तार वाला क्षेत्र अश्विनी नक्षत्र कहलाता है अश्विनी नाम दो अश्विन से बना हुआ है देखिए ग्रीक भाषा में इसको कस्टर और पोलुकस कहते हैं वहीं यदि हम अरब की बात करें तो अल शैर्तन कहते हैं चीन में इसे लियू कहते हैं चकलय और खंड के अनुसार अश्विनी समूह दो अश्विनियों का प्रतीक दो तारों का समूह माना जाता है देखिए दर्शकों एक चीज़ बताए कालब्रुक की जो है जो धारणा थी इसके अनुसार अश्वनी जो नक्षत्र है दो अश्वमुख के प्रतीक तीन तारों का समूह है दो अश्वमुख क्या है मतलब ऐसा एक घोड़ा जिसके दो मुख हों और ये तीन तारों के समूह का प्रतीक होता है इसके देवता जो हैं अश्विनी कुमार है इसके जो राशि के अधिपति हैं केतु हैं मेस में जीरो अंश से लेकर के तेरह अंश बीस कला भारतीय खगोल में अश्वनी को प्रथम नक्षत्र भी माना गया है इसी से मेष राशि और बसंत बिशव का प्रारंभ होता है अश्वनी से लगभग 400 वर्ष पूर्व से गणनाएं की जाने लगी थी तब। में इसे भी कहते हैं ये हमारे शास्त्रों में लिखा है दर्शकों ये जो नक्षत्र होता है तो यह निश्चित यथार्थ कोमल नाजुक कार्यों में लाभदायक रहता है शुभ सात्विकता का प्रतीक है आ, पुरुष का घोतक है ये नक्षत्र इसकी, इसकी जाति वैसे है योनि अश्व है और गढ़ देव है इसकी जो नाड़ी आती है दर्शकों ये आदि नाड़ी में आती है और जो अश्वनी नक्षत्र होता है ये दक्षिण दिशा का इसका प्राभुत्व होता है दक्षिण दिशा का इसको स्वामी कहा जाता है दर्शकों एक बात बता दें कि हम लोगों के शास्त्रों में हमारे पुराणों में अश्वनी कुमार को एक देवता के रूप में माना जाता है पौराणिक मतानुसार एक जुड़वा अश्व सिर वाली ये देवता है जो आकाश और पृथ्वी पर पहले चिकित्सक हैं जी हाँ धरती के जो फर्स्ट डॉक्टर हैं जो फर्स्ट एमबीबीएस बी हैं जो फर्स्ट एमएस एस है एम हैं ये अश्विनी कुमार हैं अश्विनी का अर्थ घोड़ी या घोड़ी रूप स्त्री और कुमार का अर्थ हमेशा युवा रहने वाला या सनातन रहने वाला होता है एक दर्शकों कथानक और है कि सूर्य की पत्नी संजना ये छलावे से घोड़ी बनकर विचरण कर रही थी उसके छल को देखकर कर सूर्य भी घोड़ा बन गए और साथ में विचरण करने लगे दोनों के सहवास से दो घोड़ा जो है सर जिसका धड़ मनुष्य रूप में अश्विनी कुमार का जन्म हुआ था ये हमारे शास्त्रों में पुराणों में आता है अश्विनी कुमार ज्ञान और गति के देवता माने जाते हैं दर्शकों विशेषताओं की यदि हम बात करें जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है तो जीवन के उत्तरार्ध में लक्षण परिवर्तन का कारक है मतलब उत्तरार्थ में इनके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा जातक जीवन में शीघ्र उन्नति करता है ऐसा जातक बहुत सुंदर होता है उज्जवल होता है बुद्धिमान होता है होशियार होता है और ये गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है अश्विनी कुमार को चिकित्सा शिक्षा सूर्य से लेने में इंद्र ने अड़चन डाली थी मतलब जब ये डॉक्टरी पढ़ने जा रहे थे मतलब चिकित्सा शिक्षा का मतलब होता है कि डॉक्टरी से संबंधित जब ये पढ़ाई करने जा रहे थे तो इंद्रदेव बड़े जल गए थे ज्वेलिस हो गए थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है अड़चने डाल दी थी लेकिन इनकी भक्ति और समर्पण से जो है सूर्यदेव ने इन्हें शिक्षा दिया था सूर्यदेव इनके गुरु भी माने जाते हैं लेकिन अब देखिए जब भी जो जातक अश्विनी नक्षत्र के चरण में आएगा तो उसके भी जीवन में यदि वो चिकित्सा क्षेत्र से है तो उसमें कुछ ना कुछ बाधा आएगी कुछ ना कुछ गैप होगा कुछ ना कुछ ब्रेक होगा लेकिन जातक के लग्न से बाद में ये एजुकेशन पूर्ण होगी यही कारण है कि अश्वनी जातक का ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके देवता इंद्र हैं कि जातक से विरोध रहता देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र से संबंधित भी हमने वीडियो डाल दी जो है डाल दिया है अब आप कहेंगे साहब ये गंडमूल नक्षत्र है क्या है क्या है तो कुछ महान विभूति हमारे हैं इनके बारे में भी हम बताए दे रहे हैं आप लोग गौर करिएगा और आप भी वो बन सकते हैं भारत रत्न रवीन्द्रनाथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम किसने नहीं सुना होगा अश्वनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ था मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिसको अमेरिकन गांधी के नाम से भी जाना जाता था इनका भी अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ था एडमंड हिलेरी को जानते थे एवरेस्ट फतेह जो है पर्वतारोही जो है जिन्होंने एवरेस्ट पर फतेह किया था इनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ था तो कुल मिलाकर के यदि दर्शकों हम अब अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताएं तो फलादेश की बात आ जाती है तो 27 नक्षत्रों में से अश्वनी को पहला नक्षत्र माना जाता है ये अपने आप में अर्थात अश्विनी नक्षत्र अपने आप में बहुत ही बिलक्षण नक्षत्र है तथा इसके जातक भी बहुत से विलक्षण गुरुओं के स्वामी होते हैं यदि आपके जन्म मांग में ग्रहों के अनुकूल स्थिति में है अश्विनी नक्षत्र में आप लोग हैं तो अपने जीवन में बहुत से विलक्षण कार्य आप लोग कर जाते हैं जैसे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए हैं मार्टिन लूथर किंग ने किया है घोड़े के सिर को अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है जो इस नक्षत्र को घोड़े के बहुत से गुणों के साथ जोड़ता भी है अब उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं घोड़े का क्या काम होता है सबसे पहला काम होता है यात्राएं करना तो अश्विनी नक्षत्र में जो भी जातक का जन्म होता है ताउम्र इनके जीवन में यात्राएँ बहुत ज़्यादा रहती है तथा यात्रा अपने आप में किसी प्रकार के प्रारंभ का प्रतीक मानी जाती है और आप लोगों की यात्राओं का अंत नहीं होता है तो आप लोगों का कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधों का दूसरा घोड़ा क्या है घोड़ा बहुत मेहनती होता है बहुत मेहनत करता है अश्विनी नक्षत्र के भी जातक बहुत मेहनत करते हैं काम चोरी ना करना अश्विनी नक्षत्र के जातकों की विशेषता है साहस होती है घोड़े में तो अश्विनी नक्षत्र में जो जातक होते हैं वो साहस होते हैं अपनी गति के लिए घोड़ा तेज दौड़ता है ना तो अपनी स्पीड के लिए अपनी शक्ति के लिए ये लोग जाने जाते हैं तथा घोड़े के ये गुण अश्विनी नक्षत्र के जातकों में दर्शकों पाए ही पाए जाते हैं घोड़ा अपनी जिद तथा अड़ियल स्वभाव के लिए भी जाना जाता है तथा घोड़े का ये भी गुण होता है तो अश्विनी नक्षत्र के जातक बहुत जिद्दी होते हैं अड़ियल स्वभाव वाले होते हैं यदि अश्विनी नक्षत्र के आप जातक हैं तो ये मान के चलिए कि आपके जिद के आगे आप बड़े बड़ों को झुका ले जाएंगे बहुत अड़ियल स्वभाव के होते हैं इसीलिए कहते हैं गंडमूल नक्षत्र के जो जातक होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं आपके ऊपर किसी का काबू नहीं रहेगा एक जो अड़ियल घोड़ा होता है उसको जल्दी कोई साथ नहीं पाता उसकी सवारी नहीं कर पाता है तो यही चीज आपकी होगी आपके ऊपर जल्दी कोई लगाम नहीं लगा पाएगा अश्वनी नक्षत्र दर्शकों हमने बताया कि परिवहन कारक नक्षत्र है यानी कि यदि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं परिवहन सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या आप ओला उबर भी चलाते हैं तो ये जान लीजिए आप लोग कि आपका कहीं ना कहीं प्रभाव क्षेत्र अश्विनी नक्षत्र में आएगा अश्विनी नक्षत्र के जातक सुंदर होते हैं भाग्यवान होते हैं कार्यकुशल होते हैं स्थूल देह वाले होते हैं धनवान होते हैं और लोकप्रिय होते हैं चंद्रमा के दिन उत्पन्न जातक किसी बड़े पद पर कमांडर या सैनिक कमांडर बोल सकते हैं बहुत बड़े चिकित्सक होते हैं घोड़े या पशुओं के स्वामी होते हैं जैसे हसन अली था इंडिया में ऐसे बहुत हसन अली हैं तथा अस्तबल भी देखिए होते हैं एक चीज़ और बता दें पशु चिकित्सक होते हैं अश्वनी का जो मतलब चरित्र है ये स्वच्छता का प्रतीक है तो आप लोग अपने आसपास स्वच्छता बहुत ज़्यादा रखेंगे जहाँ पर भी इधर उधर सामान फैला होगा आप लोगों के मन में क्रोध आएगा आपके अंदर स्फूर्ति होगी शुरुआत का कारक ग्रह माना जाता है किसी भी चीज़ की जब लीडरशिप होती है तो उसकी शुरुआत भी आप लोग करते हैं सेना के किसी टुकड़ी में कोई बहुत बड़े पद पर आप लोग होते हैं अश्विनी नक्षत्र के जातक चंचल होते हैं हमेशा नायक होते हैं बहुत ज़्यादा खर्चीला होते हैं हमेशा युवा दिखने वाला होता है लेकिन ये लोग सरकारी क्षेत्र में भ्रष्ट भी होते हैं पथ प्रदर्शक होते हैं दूसरों को पथ दिखाते हैं अदम्य साहसी होते हैं मतलब कि साहस से पीछे नहीं हटते हैं यदि आप लोग पुरुष जातक हैं और अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये मान के चलिए आपकी मुखाकृति अर्थात जो फेस है ये बड़ा सुंदर होगा आंखें आपकी बड़ी भी होंगी चमकीली भी होंगी ललाट जो है ये बड़ा उन्नत होगा लंबी नाक होगी ऐसे ज्यादा खटी शांत निश्चल कार्य को अगोचर रूप से करने वाला होता है एक चीज और बता दें ये लक्षण कब मिलेंगे जब 14 से 20 अप्रैल अश्वनी में उच्च का सूर्य और 14 से 28 अक्टूबर स्वाति में नीच का सूर्य जो रहता है में विशेष परिलक्षित होता है ये गुणधर्म अन्य माहों में जन्मे जातक में कम होते हैं लेकिन यदि इस जो है मतलब जो हमने समय सीमा आपको बताई है इसमें ज़्यादा होते हैं ऐसे जातक देखिए विश्वसनीय होते हैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं सलाह मानने वाले पिता की सलाह खास करके मानने वाले होते हैं निंदा से डरपोक होते हैं इनकी निंदा कहीं ना हो अपने समय पर कार्य करने वाले होते हैं अंधविश्वास रहित कोई भी ढोंग आडम्बर इनके ऊपर हावी नहीं होता है आधुनिक होते हैं परम्पराओं को आगे ले जाने वाले होते हैं 30 वर्ष की उम्र तक अड़चन आती है संघर्ष रहता है 30 से 55 के मध्य जीवन स्थिर होकर उन्नति होती है सामान्यतः ऐसे जातकों का विवाह 26 से 30 वर्ष के बीच में होता है लेकिन यदि आप स्त्री हैं और अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये मान के चलिए कि ऐसी जो मतलब स्त्री जातक होती हैं इनकी आँखें मछलियों के समान होती हैं ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है ऐसी स्त्रियों में आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है बहुत जो है पतिव्रता स्त्री होती हैं पवित्र हृदय वाली होती हैं आधुनिक होते हुए भी परंपरा अनुसार वरिष्ठों का सम्मान करने वाली होती हैं ये यौन क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त रहती हैं यदि नौकरी करती हैं तो प्रशासनिक सेवाओं में रहती हैं खास करके जो है भारतीय जो सिविल से सर्विस है इसमें ये लोग ज़्यादा रहती हैं पचास की उम्र में जो है आते आते ये लोग अपने सरकारी क्षेत्र से हटकर के खुद का कोई बिजनेस करते हैं विवाह 23 से 26 के मध्य होता है या विवाह जल्दी हो जाता है तो तो ये मान के चलिए पति के बीच में यदि विवाद होता है तो जल्द ही इनका तलाक होता है दीर्घ अवधि का वियोग होता, होता है या वैधव्य होता है या पति इनके विदेश चले जाते हैं तो ये लक्षण दर्शकों देखिए पाए जाते हैं एक बात और बता दे दर्शकों तमाम आचार्यों ने अश्विनी नक्षत्र के बारे में कुछ अपने अपने फलादेश दिए हैं तो इसके बारे में बताते हैं महर्षि देव नारद ने क्या बताया है कि यदि अश्विनी नक्षत्र उत्पन्न जातक स्वरूप सुंदरा सुभग सब कार्यों में दक्ष मतलब जिनका अश्विनी नक्षत्र में जन्म होता है वो जो जातक होते हैं स्वरूप होते हैं सुंदर होते हैं भाग्यशाली होते हैं सब कार्यों में दक्ष होते हैं सुन समझकर कर से अमले करने वाले मतलब आप बोलेंगे तो उसको बड़े ध्यान से सुनने वाले होते हैं तमाम वस्त्राभूषणों से युक्त तो होते हैं स्त्रियों का आकर्षण का ये लोग केंद्र रहते हैं सत्यवादी तथ्यान्वेषक रहते हैं ये देव नारद ने कहा है बहुत बड़े ऋषि थे ब्रह्मा के ये पुत्र हैं तो इनके अनुसार ये हुआ महर्षि पराशर ने क्या कहा है अश्विनी नक्षत्र में जन्म जातकों के बारे में तो ऐसा जातक राजकीय सेवा में किसी उच्च पद पर होता है सरकार से कोई विशेष ये लाभ लेते हैं यदि ये रोजगार में रहते हैं तो बहुत से उच्च लोगों से इनका संपर्क बनाना इनका शौक होता है रिफ्रेंस होता है ये लोग जो है मान सम्मान का अपने विशेष ख्याल रखने वाले होते हैं शूरवीर होते हैं निडर होते हैं तथा जो जड़ी बूटी होती है तथा पारंपरिक चिकित्सा में रुचिवान होते हैं हमें लगता है कहीं ना कहीं बाबा रामदेव भी अश्विनी नक्षत्र में जरूर जन्मे होंगे ये हमें लगता है आ, इस पर जो है क्या कहते हैं हम कुछ उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया है लेकिन ऐसे जातक देखिए होते हैं आज देखिए आयुर्वेद को कहाँ से कहाँ ले गए तो कहीं ना कहीं अश्विनी नक्षत्र में जो है उनका जन्म जरूर हुआ था अब हम आते हैं इनके जो अश्विनी नक्षत्र के चार चरण होते हैं देखिए इसके फलादेश के बारे में आते हैं प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं ऐसा नहीं अश्वनी के हों तो प्रत्येक नक्षत्र में चार चरण होते हैं और एक चरण जो होता है तीन अंश से बीस कला का होता है या जैसा ही है है यानी इससे राशि के नवे भाग का का फलित भी मिलता प्रत्येक चरण में तीन ग्रह का प्रभाव होता है राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी और तीसरा होता है चरण के स्वामी का देखिए दर्शकों इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक तो इस पर बनता ही है आप लोग वीडियो देख करके लाइक नहीं कर रहे हैं इसको क्या कहेंगे दूसरा दर्शकों प्लीज़ आप लोग जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करके हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो प्रथम चरण की बात करते हैं जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ तो इसमें मंगल केतु और मंगल का प्रभाव होता है मेष में जीरो से लेकर के तीन अंश बीस कला इसका स्वामी देखिए दर्शकों मंगल है ये शारीरिक क्रिया साहस प्रेरणा प्रारंभ का घोतक है जा तक मध्यम कद वाला होगा बकरे जैसा मुंह, छोटी नाक और भुजा मतलब छोटी भुजा भी होगी छोटी नाक भी होगी कर्कश आवाज मतलब हमेशा लड़ने वाला संकुचित नेत्र जो है इनका जो कोई जो है मतलब शरीर का अंग होता है ये नष्ट होने वाला होता है इनके दोषों पर बात करते हैं तो शारीरिक सक्रियता साहस प्रोत्साहन आवेगी बनी भावनावश परिणाम की बिना चिंता के कार्य करना ऐसे जातक नृप समान निर्भीक साहसी अफवाहों के प्रति आकर्षित मित्व्ययी वासनायुक्त भावुक होता है यदि दूसरे चरण में जन्म है तो इसमें मंगल केतु और शुक्र का प्रभाव रहता है जो कि मेष अंश तीन मेष राशि में तीन अंश बीस कला से लेकर के छः अंश चालीस कला तक रहता है तो इस पर शुक्र का आधिपत्य रहता है ये ऐसे जातक जो है अवबोध अविष्कार जो है करने वाले होते हैं साकार जो इनकी कल्पना अपने कल्पनाओं को ये लोग साकार करते हैं ऐसे जातक तक श्याम वर्णी चौड़े कंधे लंबी लाक लंबी भुजा छोटा ललाट खिले नेत्र मधुर मधुरवाड़ी कमजोर जोड़ वाला होता है अब इसके गुरदोष पर यदि हम बात करें तो अश्विनी कुमार जैसी सद्भावना अर्थात कल्पनाओं को साकार करना आविष्कारी होते हैं खास करके आयुर्वेद से रिलेटेड मेडिकल लाइन से रिलेटेड जो भी अ, मेडिकल फील्ड है इससे रिलेटेड होंगे ऐसा जातक तक धार्मिकों का हसमुखों का धनवान रहता है वहीं अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण के बारे में हम बात करें तो इसमें मंगल केतु और बुद्ध का प्रभाव रहता है मेष राशि में छ जो है अंश 40 कला से लेकर के 10 अंश तक की रहता है इस पर बुद्ध का प्रभुत्व रहता है या विनोद संचार फूर्ति व्यापकता का घोतक है जा काले बिखरे बाल घुंघरेले बाल अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी सुंदर नेत्र व नाक गौरवर्ण वाक्य पटु होगा क्योंकि बुद्ध जब आ जाएगा तो ये जानिए कि वाक्य पटुता रहेगी पतले जांग नितंब वाला होता है यदि इनके गुण दोषों की बात करें तो ये लोग जो होते हैं इनका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला रहता है विस्तृत चीज़ें करते हैं कोई भी चीज़ों को जो है अगर ये करेंगे तो उसको बढ़ाते रहते हैं आगे ऐसे जा तक बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं लेकिन ये हमेशा अशांत रहते हैं अतर्क करते हैं साहसी होते हैं भौतिकवादी होते हैं वहीं अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण की बात करें तो इसमें मंगल केतु और चंद्रमा का प्रभाव रहता है मेष मेष राशि में दस अंश से लेकर के तेरह अंश बीस कला तक की रहता है इसके जो राशि के स्वामी ये हैं चेतना भावुकता सहानुभूति का घोतक का जातक व्याकुल नेत्र साहसी होते हैं छोटे मतलब जो है हाइट के होते हैं भ्रमणशील मतलब घूमने वाले खुरदुरे नख होते हैं इनके और भाईहीन होते हैं ऐसे जातकों के भाई होते हैं तो वो होने के बाद भी कोई ना कोई जो है कहना नहीं चाहिए कि कैजुअलिटी हो जाती है दर्शकों अब चौथे चरण के गुरुदोष की बात करते हैं सूर्य नक्षत्र के तो ऐसे जा तक सामूहिक चेतना महत्वपूर्ण जानकारी रखने वाला डिटेक्टिव जासूस टाइप का ईश्वर से डरने वाला होता है धार्मिक होता है पौरुषयुक्त होता है किसी से भी भिड़ जाएगा डरेगा नहीं अपने प्रेम को अंजाम तक ले जाने वाला होता है चरित्रवान होता है और अपने गुरु का भक्त होता है देखिए दर्शकों एक बात हम बताना चाहेंगे कि नक्षत्र के चरण फल को तमाम आचार्यों ने अपने सूत्र के रूप में कहा है संस्कृत में कहा है तो हम संस्कृत ना बोल करके आपको जो है क्या कहते हैं तमाम जो मता मतयानियाई हैं इनके हिसाब से हम बताते हैं तो यौनाचार्य मतेन के अनुसार अश्वनी के प्रथम चरण में जो जातक होते हैं ऐसे जातक तस्कर होते हैं दूसरे नक्षत्र में कामचोर होते हैं तीसरे नक्षत्र में सुभग होते हैं सुंदर होते हैं चतुर्थ में सुखी और दीर्घायु होते हैं मानसागराचार्य जी के अनुसार इनके मतानुसार अश्वनी के प्रथम चरण में राजा द्वितीय में धनवान तृतीय में विद्वान चतुर्थ में गुरु भक्त होते हैं तो ये कुछ मतानुआई थे इनके अनुसार हमने आपको फल बता दिया तो दर्शकों देखिए ये था अश्वनी नक्षत्र के बारे में ए टू जेड संपूर्ण जानकारी पुनः आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि यदि आप अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं उसके लिए एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आप लोग फॉलो करें इसमें भी देखिए बहुत राहत वीडियो है अगर इसको हम बनाने लगेंगे तो एक से डेढ़ घंटा लगेगा जैसे अश्विनी नक्षत्र में सूर्य के चरण का फल होगा चंद्र का होगा बुद्ध का होगा तो सभी ऐसे जो है क्या कहते हैं मंगल का होगा ग्रहों का फल होता है तो दर्शकों उतना लम्बा वीडियो नहीं बनाएंगे जो भी ज्ञान की बातें थी वो हमने लगभग सभी कुछ अपने इसमें हमने जो है समेटा हुआ है तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको देखिए पसंद आ रहा होगा यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए कुंडली विश्लेषण करवाना ना भूलिए क्योंकि दर्शकों देखिए जीवन में बाधाएं आती हैं सबके साथ आती हैं लेकिन उन बाधाओं को कम कैसे किया जाए इसका काम ज्योतिष करता है दूसरा दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब भी भूल कोई गलती हो जाती है आपने गलती से कोई वर्ड आपने गलत कर दिया तो आप लोग इरेजर का काम करते हैं तो जो ज्योतिषीय उपाय होते हैं ये इरेजर का काम करते हैं तो अगर आपको भी ऐसे इरेजर की ज़रूरत है तो दर्शकों आप किसी योग्य ज्योतिषी के पास जा सकते हैं यहाँ हम अपना प्रचार करने नहीं बैठे हैं कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए बैठे हैं कुछ ना कुछ खुद सीखने के लिए बैठे हुए हैं तो दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक, तक के लिए आप सभी लोगों को इस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं हमारा नक्षत्रों के तमाम लोगों के कमेंट थे कि पंडित की वीडियो बनाइए हम लोग बड़े जो है व्याकुल रहते हैं देखने के लिए तो इसी संबंध में नक्षत्रों की एक श्रृंखला हमने शुरू की है उम्मीद करते हैं सबसे को ये वीडियो पसंद आया होगा दीजिए इजाज़त आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे लखनऊ से आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेते हैं नमस्कार